मुझे पता है वो लोग क्या सोच रहे में तो कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा मेरा करियर बर्बाद नहीं। नहीं का रिजल्ट तुम्हारा करियर डिफाइन नहीं कर सकता सबका ना यार अपना अपना पैशन होता है जिसके अंदर उन्हें मेहनत करने में मजा आता है तो यार उसको फॉलो करो यही टाइम है फॉलो करने का अगर अगर थोड़ी देर और कर दी तो भैया लेट हो जाएगा मुझे पता है ये मैं बोलने वाला कोई नहीं होता लेकिन प्लीज बनके मत रहो अपने पेरेंट्स को समझाओ यार डायरेक्टिंग करनी एक्टिंग करनी जो भी करना है उसमें मैं खुश हूँ मैं वो करूंगा इसमें मुझे, मुझे मजा नहीं आता मैं ये नहीं करूंगा